गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में मेरा नाम अमरीश कुमार आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि पुलिस के एडमिट कार्ड निकले हुए हैं वाइवा के लिए वो कैसे डाउनलोड करें जिनका फिजिकल टेस्ट हो गया है वो शॉर्ट हो गए हैं वो कैंडिडेट उनका वैवाह हो रहा है व्यवहार होने जा रहा है तो अपने रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड कैसे निकालें रोल नंबर से तो आप सबसे पहले क्रोम ब्रोजर खोलोगे क्रोम ब्राउज़र खोल लोंगे उसमें लिखोगे जे admitcard अगर ये इतना याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो डायरेक्ट जाने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर अपना रोल नंबर डालोगे रोल नंबर डालने के बाद सबमिट करोगे जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का आपका नाम आ जाएगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ आपके वाई वाह हो रहा है पेरेंटेज सारा आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में